विचार में रावण जागे कौन बचा अब मेरे आगे कल जीते जो युद्ध में लंका कौन बजाए विजय की डंका राम भी लक्ष्मण के संग जागे कहे युद्ध ना हो अब आगे दशानन पाप तुम्हारा कल हो जाए निर्णय सारा आज की रैना तिल तिल बीते राम दर्श की व्याकुल सीते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 ण के संग जागे कहे युद्ध ना हो अब आगे मिटे दशानन पाप तुम्हारा कल हो जाए निर्णय सारा आज की लसीते जागे राम लंकेश कुमार